नमस्कार मिथिला मैं हूं प्रणुका मिश्रा इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज तो आज हम लोग आप सभी के समक्ष न्यूज हेडलाइन ऐसी लेकर उपस्थित हैं तो शुरुआत करते हैं आज के न्यूज हेडलाइन से हेडलाइंस के प्रायोजक हैं परीक्षा इंस्टीट्यूट दरभंगा का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट दशक से संबंध क्लास सिक्स टू ट्व आई सी एस इसमें तीन बैचेज है फाउंडेशन बैच टारगेट बैच हाइयर बैच फाउंडेशन बैच सिक्स टू एट टारगेट बैच नाइन टू टेंथ हायर बैच इलेवन टू ट्वेल्व फाउंडर सुजीत कुमार फाइव ईयर इन बिहार एंड फर्स्ट ईयर इन दिल्ली टीचिंग एक्सपीरियंस कॉन्टेक्ट नंबर प्लस नाइन डबल नाइन डबल वन डबल थ्री नाइन जीरो फोर दरभंगा का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट यह खुलते ही दरभंगा का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट बन गया एड्रेस नियर हसन चौक दरभंगा बिहार बाज नहीं आ रहे हैं लोग पुलिस ने सासों का कारोबार करने वाले चार लोगों को किया गिरफ्तार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की स्थिति को लेकर चार राज्यों के मुख्य दो उप राज्यपालों बात की अपराधी का दिमाग देख चक्राई बिहार पुलिस कमर में पिस्तल और लड़की की स्कूटी लेकर चल दिया कोरोना संकट के बीच गूगल पे यूजर्स के लिए बड़ी खबर जल्द शुरू हो सकती हैं। ये है ये खास सुविधाएं नीतीश सरकार का ऐलान पीला कार्डारी 25 लाख परिवारों को 35-35 किलो मुफ्त अनाज केंद्र की दो महीने मुफ्त मिलने वाले अनाज से अलग अलग है योजना कोविड रिलीफ सरकार ने उद्यमों को दी अनुमति इकतीस मई तक कर सकेंगे अपने मासिक जी रिटर्न को ईवीएस के जरिए वेरीफाई बिहार लॉकडाउन घबराए नहीं सबको मिलेगा रोजगार सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश पी किसान एक दो दिन में आएगी आठवी किस्त सरकार ने कर दिया एफ जनरेट प्रख्यात डॉक्टर मोहन मिश्र का हार्ट अटैक से निधन बिहार में शोक की लहर बिहार न्यूज लॉकडाउन में दुकान बंद कराने गई पुलिस टीम पर जानलेवा हमला ड्राइवर समेत पांच पुलिसकर्मी घायल नमस्कार मिथिला आगे आप सभी को विस्तार से खबर दिखाएंगे मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद उन्यासी हो गए आगे आगे, आगे। जल्दी करो नो पार्किंग है। जल्दी कर लास्ट ओवर है जल्दी करो जल्दी जल्दबाजी में भी गूगल पे बिना यू पिन के पेमेंट नहीं होने देता एक सांस लेकर पूछ लेता है बासुदा का ना दादा उन्यासी माने सेवनटी नाइन अभी मैं फ्रीड दे देता तभी मैं जल्दी करता है जल्दबाजी नहीं चल निश्चिंत होकर सारे पेमेंट कीजिए बैंक और गूगल पे की सिक्योरिटी के साथ डाउनलोड गूगल पे नमस्कार मिथिला ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आगे आप सभी को विस्तार से कवर दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की स्थिति को लेकर चार राज्य राज्यों के मुख्यमंत्री दो उपराज्यपालों से बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को हाई लेवल मीटिंग कर देश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की उसके बाद उन्होंने आंध्र प्रदेश ओडिशा झारखंड और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों से बात कर इन राज्यों में कोविड नाइन्टीन की ताजा स्थिति आरोप चर्चा की सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी उनके मुताबिक प्रधानमंत्री ने जम्मू एवं कश्मीर के साथ ही पाडुचेरी के उप राज्यपालों बात की कोरोना संकट के बीच गूगल पे यूजर्स के लिए बड़ी खबर जल्द शुरू हो सकती है ये खास सुविधाएं कोरोना संकट के बीच सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत को देखते हुए गूगल पे अपने यूजर्स के लिए ए आधारित भुगतान शुरू करने जा रहा है तकनीक पर नजर रखने वाली एक प्रमुख वेबसाइट ने इस बात की जानकारी दी है ए आधारित भुगतान में यूजर्स को खरीदारी की जगह आरोप कार्ड स्वाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती इसकी जगह यूजर्स अपने डिवाइस को पॉइंट ऑफ सेल मशीन के करीब लाकर बिना छुए भुगतान कर सकता है We are all learning to live with coronavirus or COVID-19, and you have the power to keep our community safe. In public, wear a mask to protect those around you. Stay six feet away from others, and wash your hands often for 20 seconds with soap and water, or use hand sanitizer. If you have a fever, cough, or shortness of breath, stay home and contact your primary care provider, or use a virtual visit. Thank you for helping us protect one another and keep our communities safe. बिहार लॉकडाउन घबराया नहीं सबको मिलेगा रोजगार सीमती कुमार ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए लॉकडाउन लगाया गया पिछली बार भी लॉकडाउन के साथ दौरान बाहर से आए हुए लोगों के साथ साथ यहाँ के भी इच्छुक लोगों के लिए मनरेगा के माध्यम ऐसी रोजगार किए गए थे इस बार भी मनरेगा के माध्यम ऐसी लोगों को काम का अवसर देना है लॉकडाउन में दुकान बंद कराने गयी पुलिस टीम आरोप जानलेवा हमला ड्राइवर समेत पांच पुलिसकर्मी घायल लॉकडाउन में दुकान बंद कराने गए पुलिस दल आरोप जानलेवा हमला दो चौकीदार समेत पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए मधुबनी जिले के आर एस थाना ओपी क्षेत्र के दीप गांव की है बुधवार शाम लगभग तीन बजे जब पुलिस बल ने दीप पहुँच कर कपड़े की दुकान को बंद कराने को कहा तो उस दुकानदार और उनके परिवार सदस्यों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया नमस्कार मिथिला आज के लिए बस इतना ही हम लोग फिर इंते दिन ऐसे ही कुछ मुख्य लेते हुए ऐसे ही कुछ मुख्य समाचार लेते हुए साथ ही आप हमारे इस चैनल को ज्यादा शेयर करें लाइक करें सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करें खबर विज्ञापन के लिए संपर्क करें साथ ही फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें हमारे इंस्टाग्राम पेज को ज्वाइन करें हमारा व्हाट्सएप ग्रुप इस सब का लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है देखते रहे ही नमस्कार मिथिला न्यूज नमस्कार मिथिला